आप कृप्ति के सुख और नियति की योजनाओं में बनकर खड़े अब यदि आपने तस्त्रों का त्याग नहीं किया तो मैं अवश्य आपका बंद कर दूंगा तीर आप तो तो तो तक क्यों नहीं पहुंच रहा